एक आदमी था बहुत ज्ञानी था क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी भारी भारी डिग्रियां थी तो एक दिन नाव में बैठकर जा रहा था तो पंद्रह बीस मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला इसके हालात फटे पुराने हैं इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है तो उसने उससे पूछा अरे तुमने कभी लाल किला देखा है मैंने नहीं देखा तेरी चाराने जिंदगी खराब आगे थोड़ी सी नाव और गई कुतुब मीनार देखा है नहीं वाइजा तेरी आठ आने जिंदगी खराब अरे ताजमहल तो देखा होगा नहीं वाइजा तेरी बारह आने जिंदगी खराब इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया नाव हिलने लग गई अब की बार उसने पूछा की वाइजा तेरना आता है कि नहीं तेरी सोलह आने खराब तेरी सोलह आने खराब जहाँ किताब काम में आएगी वहाँ किताब आएगी लेकिन जहाँ अनुभव काम में आएगा वहाँ अनुभव आएगा भाई